आँखों में अभी वो टूटे से सपने हैं मैं क्या करूं टूटे से सपनों में रूठे से अपने हैं मैं क्या करूं कौन कम चाहता है शौक से कत्ल होना खूनी खंजर दोनों मेरे अपने हैं अब मैं क्या करूं